एक सिंगर से अच्छा तो एक शायर है एक सिंगर से अच्छा तो एक शायर है और एक दिल तोड़ने वाली लड़की से अच्छा तो फ्री फायर है